स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, के के के यूनिवर्स यूनिवर्स से भी बड़ा हो सकता है। के के अंदर केविन को लेके को कंटेंट प्लान किया गया है जो एक अच्छी बात है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कंटेंट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए अगर एक और लॉर्ड मोरवियेट आ गया तो स्पाइडरबा शुरू होने ऐसी पहले ही खत्म हो जाएगा